असलम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मैं भी आप लोगों के लोगों से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो वेलकम करती हूँ आप सबके अपने चैनल में तो फ्रेंड्स ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का आवाज़ तो फ्रेंड्स अभी मैं आराम कर रही थी आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी पूरा दिन मैंने सोच सो के गुजार दिया और कुछ मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया सैड सैड और बाकी जब बच्चे आए इन्होंने मूड फ्रेश कर दिया मजाक वगैरह करके अभी ये देख मैं ब्लॉग स्टार्ट किया होगा अभी भी घर आ गए और मुझे लगता है इनका भी मूड ऑफ है और आज बच्चों ने एक और नया काम कर दिखाया ये देखें एक तो ये दरवाज़ा है और दूसरा है ये इस तरफ ये यहाँ से सीधा दरवाज़ा ही है इसके आगे इन्होंने चटाई भी छा है ऊपर ये देखें तंगे बना रहे हैं और ये देखें कुछ लोग ऐसे आराम भी कर रहे हैं और ये देखें बैग वगैरह लाते दस ठाकती हुई तो बस आज की ये मसरूफिया है और मैं तो बस आज कल जो है ना वैसे भी तबियत तो ठीक नहीं आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा और जो है कुछ बातें भी ऐसी हो जाती हैं घर पर कि बंदा और बिना थोड़ा सा जैसे वो हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है अब तबियत तो दिख रही है तो आज का ब्लॉग मैं बस छोटा सा ही बनाऊंगी ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पूरी रात भी मुझे होश नहीं आई सुबह भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा रात ना रात को खाना बनाया ना सुबह बनाया तो अभी कुछ खाने पीने की भी तैयारी करनी है और ये भी है कि हो भी कुछ नहीं रहा बच्चों की मस्तियाँ लेटे लेटे थोड़ी सी कैप्चर की हैं वो ही आप लोगों को दिखाऊंगी और बस जो है छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी ब्लॉग यहीं पे कर दूंगी एंड क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे वीडियो फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा और दिल करे तो लाइक भी करते जाइएगा आप लोगों का ज़्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बोलने से तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है मर्जी तो आप लोगों ने अपनी करनी है मेरे बोलने का क्या फ़ायदा तो अगर आपका कर दिल करे तो आप लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगे हमारे चैनल का विजिट कीजिएगा अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना आए तो फिर आपकी मर्जी है मैं को यहीं पर एंड करूँगी आज तक के लिए बस इतना ही दुआओं में याद रखिएगा बहुत सी दुआओं के साथ बसंत बसंत हो बसंत मना रहे हो तो कमीने गंदे बचे गर्ल ये भी चेंज नहीं किए और पतंग उड़ा रही है है और ऊपर पतंगे उड़ाई हैं लोगों ने नहीं पतंग पतंग उड़ा रही हो ये ये चढ़ते तो करने दे मैं चार के बना दी कल तू बना रही हो